सारी गलियाँ तेरी जगमगा दूंगा मैं हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं सारी गलियाँ तेरी जगमगा दूंगा मैं हर सुबह तेरी खुद को बना दूंगा मैं जो घर से निकल के कहीं तो मैं खुद को बिछा मैं खुदा मुझ में तो क्या देखती है मैं कुछ में खुदा का करू देखता हूँ खुशी जब भी तेरी ता तो देव सिला बना के लगाई है तेरी तनई मेरी जान के बनाई है मिलने की मांग दुआ गाँ दुआ देख तुझे नख के मन देखता हम खुशी सुख Kiri, na tu.